गाइस शाम के टाइम बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है हेलो दोस्तों जय हिंद साथियों आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आयोग दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे तो दोस्तों आज इवनिंग टाइम के पांच बजकर तेईस मिनट और हम आज जाएंगे रामपुर के गांधी समाधि जो कि भारत में दो ही जगह गांधी समाधि बनाए गए हैं एक दिल्ली में है और एक रामपुर में है रामपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जो कि जिसमें गांधी समाधि स्थित है तो दोस्तों चलें, और गेट से मैंने आउट के तरफ इंट्री भी कर ली और यू लेफ्ट को टर्न हो गए और ये फैज जा रहे हैं अपने जिम में और वो हम और सत्यम जाएंगे गांधी समाधि जो की पहले दोस्तों चलते हैं शाहबाद गेट शाहबाद गेट से तब जाएंगे गाँधी समाधि फाइनली गए हम उस रोड तक पहुँच चुके हैं जो कि शाहबाद गेट तक रास्ता जाता है और यूँ मैं राइट को टर्न हो गया अब ये रोड सीधा चला जाएगा शाहबाद गेट पे। फाइनली गई मैं अलहिंद हॉस्पिटल तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा भीड़ लग चुका है यार जगह जगह यहाँ पे भीड़ लगते ही चली जाती है बैस हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं शाहबाद गेट पर गए हम लोग पहुँच चुके हैं शाहबाद गेट पर जो कि ए रहा शाहबाद गेट और वेरी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार तो गाइस यहाँ से शाहबाद ट्रिप से आगे जाते हैं थोड़ा तो उसके वैसे राइट को टर्न हो जाते हैं तब जाता है वो रास्ता गांधी समाधि को गई ये शाहबाद गेट से पास में है एक तिराहा जो कि हम लोगों को राइट साइड मुड़ जाना है यहाँ से तो राइट साइड अभी तो क्रॉसिंग पे हैं हम है बहुत अधिक भीड़ होता रहता है यहाँ पे यार और गई हम लोग क्रॉस कर चुके हैं अब मैं शाहबाद गेट से निकल दिया हूँ गांधी समाधि के लिए अब हम लोग अपने साइड से जा रहे हैं ये तो भाई रोड बहुत ही खाली खाली है यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है वो काफी अच्छा रोड है फाइनल हाँ हम उस लोकेशन तक पहुँच हैं जो कि जहाँ से गांधी समाधि टर्न मतलब जाया जाता है वहाँ से तो वहाँ से मुड़ा जाता है तो मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ और ये देखिए इतना बड़ा भाई गेट और वहाँ से देखिए भाई का वेरी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है आसमान में देखने पे गेट से एंट्री कर ली भाई इतना हैवी गेट है हम <laughs> एंट्री कर चुके हैं और यहाँ देखिए पानी का फुब्बारा जो कि वेरी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे और गाइस आसमान में देखने पे वेरी ब्यूटीफुल ही नज़ारा दिख दिखने को मिल रहा है गाइस गांधी समाधि आने से पहले बाबा ए हयात गेट मिलेगा जो कि यहाँ से आएंगे उसके से फिर सीधे ही देखेंगे आप गांधी समाधि का व्यू गाइस यहाँ पे एक छोटा सा जबारा मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है और ये पे ठीक सामने ही गांधी जी की समाधि मिल जाती है आपको ये देखिए गाइस लिखा गया है गांधी समाधि चलते हैं चारों तरफ से घूम के देखते हैं क्या नज़ारा निकलता है और क्या रिजल्ट निकलता है गैस कुछ दूर से देखने पे बहुत ही अच्छा व्यू आता है गांधी समाधि का और ये तो मैं बहुत करीब चले आया हूँ बट लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है कुछ इसके चारों तरफ घूम रहे हैं देख रहे हैं गाइस किस तरह का व्यू आता है गैस और यह रास्ता चला जाता है सिविल लाइन को और गई यहाँ पे फिर एक गेट मिलता है जो कि बाबा ए निजात नाम से जाना जाता है उस गेट को काफी बड़ा है गैस देखिए यहाँ पे लिखा है गांधी समाधि और वहाँ पे गांधी जी का मूर्ति बना हुआ है और यहाँ पे भी देखिए बोर्ड पे भी लिखा है गांधी समाधि रामपुर गाइस ये है गांधी समाधि और अंदर किसी को अलाउ नहीं है जाने के लिए ना तो इसलिए कोई नहीं जा सकता वहाँ पे ये वेरी ब्यूटीफुल पार्क बनाया गया है और भी यहाँ पे है और वो भी रिंग से बनाया गया है अच्छी है और ये पहुंच चुके हम बाबा ए निजात गेट तक में पहुँच चुका हूँ गांधी समाधि के पार्क में और यहाँ पे भारत के कुछ भीरों के जो कि आर्मी में थे और भी जो भी अपने देश के अपने देश के लिए अपनी जान गवा चुके हैं उनका यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है देखिए इतनी सारी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो कि लगा दी गई हैं यहाँ पे भैया लोग पार्क में बैठे हैं गांधी समाधि के पार्क में बैठे हैं जो कि यहाँ पे फुल एंजॉय के साथ और एंजॉय भी कर रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और यहाँ पर मनोरंजन भी कर रहे हैं और यह बहुत मनोरंजन की जगह है गांधी पार्क और यहाँ पे गाइस एक वेरी ब्यूटीफुल झरना मिल जाता है यार बहुत ही इंजॉय और बहुत ही आनंद लेने वाला जगह गाइस वहाँ पे चेयर्स लगी हुई है जो कि यहाँ पे बैठने बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल नज़ारा आता है गाइस अभी एक तरफ ही कम्प्लीट हुआ है जो कि हम लोग पार्क साइड में हैं और उसकी वजह से अभी तक तो काफ़ी सारे यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसके जाने में वहाँ तक चारों राउंड चारों तरफ से घूमने में ज़्यादा टाइम लगता है गैस यहाँ पे गैस ये पार्क का सीन है जो कि बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल शाम के टाइम लुक आ रहा है बैस अब मैं पार्क में एंट्री कर रहा हूँ बैस मैंने पार्क में एंट्री कर ली है जो कि ये फुफ्बारे वाला पार्क है ना ये गांधी समाधि का व्यू है जो कि बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार इस शाम के टाइम बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है ये गांधी समाधि का व्यू है और एक गाइस गांधी जी की मूर्ति है वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग आ रहा है यार वेरी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से नाइट टाइम में देखने के लिए बहुत ही अच्छा ये है हम गांधी समाधि घूम लिए और काफी एंजॉय किए गाइस यहाँ पे पार्क में बैठे और काफी लोगों से भी बात किए तो गाइस शाम के टाइम हो रहे हैं फिलहाल तो हो रहे हैं छह मिनट में चलता हूँ अपने रूम पे एक आइस एंट्री गेट है और आउट भी गेट है ये गाइस अभी तक तो हम लोग गेट से आउट के तरफ निकल गए है और यूँ राइट को टर्न हो जाते हैं इस साइड जाना है हमको ना सीधे चले जाएंगे गाइस शाहबाद गेट शाहबाद गेट्स के पास से तब चल लेंगे अपने रूम पे गाइस हल्का हल्का बस अंधेरा हो रहा है अभी तो और काफ़ी सही टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे अपने रूम पे हलो गाइज ये रामपुर में है शहबाज गेट पे इनको भाई को फॉलो करो भैया हमारे तमकीन भाई इनका भी चैनल यूट्यूब पर है इनको भी फॉलो करो ठीक है थैंक यू थैंक यू गाइश ये हमारे सब्सक्राइबर हैं गाइस और हमारे फैंस भी हैं गाइस गैस एशाहबाद का तिरा है जो कि नाइट टाइम बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है काफी यहाँ पे शाम के टाइम बहुत अधिक भीड़ हो जाता है यार गाइस गैस ऐसा पे वेरी ब्यूटीफुल गुब्बारा मिला गाइस ये देखिए कितना बढ़िया वेरी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यार गाइस इसमें से दूर से देखने पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें गैस ये सीधा रास्ता चला जाता है सिविल लाइन को और हमें तो जाना है अपने रूम पे ना तो यहीं से हम लेफ़्ट को टर्न हो जाते हैं गई सेफ़्ट को टर्न हो गए और भाई देखो यहाँ पे भी भीड़ लग गई है यार कितनी भीड़ लगती रहती है तो भाई निकलो जल्दी जल्दी निकलो फास्ट अब भाई सामारा रूम ज़्यादा दूर नहीं है बस पहुँचने वाले हैं अपने रूम के पास गाई पूरी रात हो चुके हैं यार बच गए लगभग सात बज चुके हैं और हम लोग अब इस टाइम पहुँचने वाले हैं अपने रूम पर गाइस हम उस लोकेशन पे पर पहुँचाएँ और यूँ राइट को टर्न हो गए जहाँ से मैं सुना था ना गांधी समाधि जाने के लिए बस वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है मेरा रूम सौ मीटर बस से दूर है गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने कॉलोनी में और मैं अपने रूम के पास भी चला हूँ और गेट से इंट्री भी मैंने कर लिया क्या फैज आ क्या रूम से चलो ठीक है गैस रूम खोलते हैं गैस मैं अपना रूम ओपन कर दिया दोस्तों मैं रामपुर के गांधी समाधि से चलाया हूँ अपने रूम पे और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि रामपुर के गांधी समाधि का ब्लॉग कैसा लगा आपको तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग में मैं यहाँ पर करता हूँ एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू डे के साथ न्यू एनर्जी के साथ थैंक यू बाय बाय लव यू गाइस